शिवराज सरकार से नाराज आशा कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस समय अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। ऐसे में अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो काम पर आ जाएं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है मैयर सहित पूरे मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं ने और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया साथ ही ज्ञापन भी सौंपा और शासन प्रशासन के साथ बातचीत भी की जा रही है आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि नियमितीकरण का ज्ञापन दिया गया था मगर आज तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोग हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि बिना पेट के कोई भी आदमी जी नहीं सकता इस महंगाई में हम लोगों को दो हजार मान दिया जा रहा है इसमें अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह करें हम लोग जब दो में पोस्टिंग हुई तब कहा गया था कि आशा कार्यकर्ताओं की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और आज 45 वर्ष हो गई है अब क्या करें? हमारी कोई सुनने वाला नहीं है और ऐसे में अधिकारी काम का दबाव बनाए हुए हैं। हड़ताल की है हम 19 दिसंबर से और हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं। हम 2006 से नियुक्त हुए हैं आशा कार्यकर्ताओं के उसमें लेकिन हमको जीने लायक वेतन नहीं दे रहे हैं सरकार कर देती हैं लेकिन पूरा नहीं करती मध्य प्रदेश सरकार को एस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इनमें ध्यान देना चाहिए कि आज ये आशा कार्यकर्ताए लगातार मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल से अपनी लड़ाई के लिए अपने पेट के लिए लड़ रही हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अभी सरपंचों को पैतालीस रुपए की मानदेय भत्ता बढ़ाया है और इन्हें भी लगभग दस रुपए मानदेय देना चाहिए दो हजार रुपए में एक महीने में किसी का गुजारा नहीं हो सकता हम लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं कि बिना पेट के कोई जी नहीं सकता है आप ही सोचिए कि जिसके घर में आज के जमाने में बीस रूपए किलो आटा है बीस रूपए किलो आलू है हम लोग अपने दो हजार में अपने बच्चों का अपने घर का पालन पोषण कैसे करें जब हमारी 2006 में नियुक्ति हुई थी तब कहा गया था कि हर आशा की उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए और आज जब 2022 चल रहा है तो हर आशा जब 25 साल में होती है 45 साल की ऑलरेडी हो गई। अब जब एन की भर्ती निकलती है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि 30 साल के, के बाद किसी भी आशा को एन एम के पद में नहीं लिया जाएगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले